यह सिवा दिया खुला सुमा मेरी साजला बाहर वो मिलेगी गई गिर गोई मुझको तू जो मिले हर खुशी मिले ये सिवा दिया मेरे सोचना दिल की कले की गली छो तो मिले पर खुशी मिले मेरी सिवा जी तुमको बिठा लूं आज मस्ती बुला तू को बना लूं उठने लगे हैं तूने तुम Cham, me theeri cham, me theeri. Chedu do thun, maach koon, yalli kira kiri. Yassi ma.